हाय फ्रेंड्स कैसे हो आप सब भाई हो अच्छे होंगे मेरा राम राम आप सभी को तो मैं कर रही हूँ बी जीरा इसमें बहुत कचरा है तो उसको ठीक कर रही हूँ गांव से ले गए थे गाँव गए थे तो इस बार तो नहीं गए पिछली बार फिर बच्चे बोल रहे थे हमको खाना खाना है तो इनको खाना डाल के दिया तो आकाश तो खा रहा है दाल बाटी और रोहित देखो कैसे थाली को दूर सिरक रोहित बोल रहा है इसको डोसा खाना है फिर मैंने रोहित के लिए डोसा बनाया ये देखो डोसा बन रहा है रोहित का एक डोसा और चटनी और ये खा रहा है रोहित डोसा और चटनी तो फिर बच्चे खाने खा रहे थे तो सोचा मैं भी खा लूं बच्चों के साथ अकेले का मन नहीं करता खा तो अभी मैं कर रही हूँ कपड़े फोल्ड भी कर गए थे इधर से उधर बच्चे के कपड़े हो गए दोनों के तो अलग अलग कर रही हूँ और दो तीन दिन से बारिश आ रही थी तो कपड़े सूखे ही नहीं थे आज सुबह से दोपहर तक धूप था तो कपड़े सूख गए तो वो भी फोल्ड कर रही हूँ तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करे शेयर करे और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरा नया चैनल है राम राम आप सभी को